हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आज हम आपको बताएंगे कि ओक्टाइफेक्स में किस तरह से आप डिपॉज़िट लगा सकते हैं और किस तरह से आप अपने कैश को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्रोम पर जाना है और सर्च बार बार आपको टाइप करना है ओकटाइफेक्स जैसे ही आप यहाँ पर ओक्टाइफेक्स निकल कर सामने आएगा तो आपने ओक्टाफेक्स की ऑपिशल साइट पर जाना है ये वाली है जो उस पे जाने के बाद आप यहाँ पर ऊपर ऊपर देख रहे होंगे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर तो यहाँ पर मेरी डिटेल निकल गई है तो मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ ये देखिए ये मेरा अकाउंट इसमें पहले से ही लॉगिन हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिपॉज़िट के ऑप्शन पर जाना है जैसे ही आप डिपॉजिट के ऑप्शन पर जाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें जैसे कि इंडियन कैश पिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी इंडियन लोकल बैंक मास्टर कार्ड, इंडियन नेट बैंकिंग पेटीएम यू पी आई स्क्रिल नेट बहुत से ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे तो आपने इंडियन लोकल बैंक में जाना है बाकी आपने जहाँ से भी आ, फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हैं बिटकॉइन वगैरह कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कैश में बता देता हूँ कि कैश में किस तरीके से करना है तो आपने ये आगे पास कुछ अमाउंट ऊपर आ चुके हैं इसमें से पंद्रह सौ तीन हज़ार छः हज़ार जितना भी करना है ये आप कर सकते हैं तो मिनिमम इसमें चौदह डॉलर में भी दो होता है तो आपने जैसे जाना है तो मैं सेवेंटी फाइव हंड्रेड डालता हूँ तो ये आप जब देखेंगे तो ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी पोस्ट बैंक में मतलब जिस बैंक से आपने इसको इनको ट्रांसफ़र करने हैं उस बैंक का आपको इन इनके लिए डिटेल डालनी होगी तो मैं इंड सेंट बैंक की डाल देता हूं तो बाकी आप कौन कंटिन्यू कर लेंगे आप अपने बैंक की डालना जिससे आपने इनको अमाउंट भेजना है तो जैसे ही आप डाल देंगे तो ये आपने केयरफुली रेट द बिफोर मेकिंग द डिपॉजिट ये सब आपने केयर इस इनको पढ़ लेना है तो ये आपके सामने ये देखिए इनका बैंक अकाउंट आ गया है तो इसमें हम ट्रांसफर करेंगे तो ये देखिए ये आ, आपके सामने आ चुके हैं तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक अकाउंट आप डालेंगे और यहाँ पे आईएफएससी एफ को डालेंगे यहाँ पे पेमेंट ड्यू डेट डाल डालेंगे आप जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे चूज़ फाइल पे आप जैसे ही पेमेंट करेंगे फ़ोन पे या गूगल पे से करेंगे आप तो वहाँ से आपने स्क्रीन ले, ले लेना है पेमेंट का नीचे अपना नाम डालना है तो जैसे ही आप ये सब करेंगे और सेंट्रल बैंक अकाउंट नंबर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये सब डालने के बाद नीचे पेमेंट डेट डालने के बाद आपने यहाँ पे पेमेंट प्रूफ में चूज़ फाइल करना है और उस स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना है और आप यहाँ से कंफर्म रिक्वेस्ट डाल देंगे तो तकरीबन एक से तीन घंटे के अंदर आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे आपके अकाउंट में आपके डॉलर में आ जाएंगे जो कि आप मेरा ट्रेडर फोर पर चेक कर सकते हैं आई होप कि आप सभी को हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी मिलते हैं अगली वीडियो में टिल दें टेक केयर बाय बाय